मेरी दहलीज से होकर बहारे जब गुजरती है यह क्या धूप क्या सा है हमें पूछो क्या होता है ना दिल के जी जामा बहुत आए गए आय गै पगल सब तु